पहले करियर बना लेना प्यार तो बाद में भी होता रहेगा क्योंकि प्यार अक्सर खाली जेब देख ना पीछे के दरवाजे से भाग जाता है